किरण चोली हीरे गेरे ओडो लीजिए अम्बा मां का भजन

अरे बेटी चारक विद्या में अम्म

लाजू मरे चमुच माता मा अम्बा माते राखड़ी

Jaan maat se rakhti hai. Arey lo ma jo ma jo bande haata mein bangdi, lo ma jo

समर कंदोरा पग में आयल पायल पीचूड़ी दामन पायल पीचूड़ी अरे हीरा वाली हाथ में अनमोल मुंदड़ी है अरे हीरा वाली हाथ में अनमोल मुंदड़ी बेटी

ie yeah.

में में पड़ी गड़ा में पड़ी अरे अजबानो का अजबा अजबा लड़ी की रौशन मोदी लड़ी

आपकी बहुत बहुत नारायण जगदीश मनावे ले तिरु लखड़ी नारायण जगदीश मनावे ले तिर लखड़ी बेटी रूपा माता बेटी

की जय हू बोलिए शंकर भगवान की जय हो